तो ठीक है चलो फोटो फोटो ये तुम दरवाजा से निकालो कॉल हितो देखो ये नीचे से साइड करो आगे से देखो चाय नहीं था तो मैं इधर पर नहीं जा सकता हां हां देख रहे चित्र फरक पाया